असलमकुम ग वेलकम टू दीडियो एंड यार ये वीडियो कोई ख़ास वीडियो है नहीं बट खैर काफ़ी लोगों के लिए ख़ास भी हो सकती हैं क्योंकि यार अक्सर लोग अभी स्कैम कर रहे हैं स्कैम उनका ये है कि आपको अपनी जी दे रहते हैं या आप उनसे अकाउंट बाई करते हैं या सोल्व करते हैं अक्सर बाइंग सोल्व सेलिंग में ना यही सीन होता है कि आपको वो अपना जी दे रहते हैं जिसकी ज़रिए वो आपका मोबाइल फ़ोन इरेज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा है और वही तरीका मैं आपको बताता हूँ लेकिन प्लीज़ किसी के साथ ऐसा नहीं करना क्योंकि अगर आपकी आप मस्ती से किसी के साथ ऐसा करें तो यार उसका कोई इंपॉर्टेंट डेटा आप एरेज कर सकते हैं तो यार आपको सिर्फ बताता हूँ कि आपने इस चीज़ से बचना है तो यार यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च मारो फाइंड माई डिवाइस तो फाइंड माई डिवाइस के बाद इसको आपने इंस्टॉल करना है और ओपन करना है ओपन करने के बाद आपने सीधा अपना जो अकाउंट है वो इसमें इन uh, करना है इसे ना, और मैं पासवर्ड तो दे देता हूँ साइनिंग इन करने के बाद आपका ये अकाउंट आपके दोस्त के साथ भी साइन इन होना चाहिए बेसिकली ये यूज होता है आपका फोन ढूंढने के लिए अगर चोरी हो जाए सिगेना इस पर डेटा ऑन हो तो इसका जो है लोकेशन आपको मालूम होगा तो यहाँ पे जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन शो होते हैं कि कितने मोबाइल फ़ोन में ये जीमेल है तो यहाँ पे मेरे चार मोबाइल फ़ोन में ऐसे ही ना एक जो मेरे हाथ में है रेडमी नोट 10 इसमें है पी के यू फ़ोन का सिम बिल्कुल भी सही है और 54 परसेंट इसका चार्ज जैसे यहाँ पर सिक्यो सिक्योर डिवाइस और प्ले साउंड अगर आपका फ़ोन कहीं पे गुम हो चुका है और आप प्ले साउंड पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी दूसरा है सिक्योरिटिवाइस तीसरा एरेज मेरे हाथ में चूंकि मैं एरेज नहीं कर सकता इसको तो अभी दूसरा जो फ़ोन है मेरे पास वो है मेरे एक दोस्त के साथ ऐसी ना उसके साथ ही मैंने लॉगिन की है ये मेरी जी अगर ये नीचे मैं इरेज डिवाइस पर क्लिक करता हूँ तो उसका सारा डाटा उड़ जाएगा पूरा का पूरा फोन रिसेट हो जाएगा तो आपने ये सीन नहीं करने और इस सीन से बचना है भी है अक्सर लोग आपको अकाउंट सेल करते तो आपको फेक जीमेल मेल बेचते हैं बोलते हैं कि इस पे चेक करो गेम की आईडी है कि नहीं जब आप देखते हैं कि इसमें गेम की आईडी नहीं इसी बीचों बीच वो बीच आपका फोन एरेज कर सकता है तो आपने इससे बचना है इससे सिर्फ आप अपना फ़ोन ढूंढने से ही किसी के साथ ये इरेज वाला काम ना करें क्योंकि किसी के पास कोई पर्सनल या कोई ऐसा डाटा हो सकता है जिसको वो इरेज नहीं करना चाहता हूं। छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शेयर करनी थी क्योंकि ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो डीलर्स है डीलर्स वो यही यूज़ कर रहे हैं और मेरे साथ रिसेंटली ख़ुद ही ये सब हो चुका है तो इसलिए आप सबको बता रहा हूँ कि होशियार हैं और इस चीज़ से बचें प्लीज़ जी का अकाउंट किसी से ना ले पहले ट्विटर व्हाट्सअप सॉरी व्हाट्सएप नहीं फ़र्सत तो नहीं होता फेसबुक वगैरह जो भी है वो अकाउंट लें लेकिन लेकिन गूगल जो जी अकाउंट है प्लीज़ वो ना ले सही ना इतनी की आईडी नहीं होगी जितना का आपका डेटा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बना के वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाय